नमस्कार स्वागत अभिनंदन ज्योतिष के इस ऐतिहासिक चैनल पे मकर ज्योतिषिकल दो हजार बीस फल के इस श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी हाँ मकर राशि के यदि आप जातक हैं वर्षफल दो हजार क्या कुछ कहता है दर्शकों राशि फल 2020 के अनुसार नौ वर्ष मकर राशि के जातकों के लिए क्या कुछ लेकर के आया है क्या आपके मन में जो प्रश्न हैं, जी हां कि आपका बिजनेस क्या ग्रोथ करेगा इसका सवाल के जवाब आप, हम आपको देंगे क्या आपका हुआ साथ साल 2020 में मिलेगा नए साल में कब करें मकर राशि के जातक एक नई शुरुआत किस्मत कब देगी मकर राशि के जातकों का साथ कब बिगड़ेंगे आपके हालात तो अक्सर जैसे जैसे नया साल जो है नजदीक आता है उससे हमारी उम्मीदें भी बहुत ज्यादा जुड़ जाती हैं बीते रहे साल में जो काम अधूरे छूट जाते हैं उनके पूरे होने की उम्मीदें जो रिश्ते बिगड़ते हैं उनके पटरी पर लौटाने की उम्मीदें जो दिल से बिछड़े हैं उनके मिलने की उम्मीदें कैरियर में नए मुकाम की उम्मीद सफलता का नया आयाम छूने की उम्मीद कुल मिलाकर के उम्मीद पर ही दुनिया कायम है और हम लोग ये जाने के जानने के उत्सुक रहते हैं कि आने वाला नया साल हमारे लिए कैसा रहेगा इन्हीं सबको मिलाकर के हमने वार्षिक महाराशिफल मकर राशि का 2020 तैयार किया है और दर्शकों एक बात बताना चाहेंगे कि ये कुल मिलाकर के आठ बिंदुओं पर आधारित है आर्थिक स्थिति मकर राशि के जातकों के लिए कैसी रहेगी स्वास्थ्य कैसा रहेगा उनका कार्यक्षेत्र कैसा रहेगा एजुकेशन कैसी रहेगी पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा प्रेम संबंध कैसा रहेगा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और साल दो को बनाने के लिए कौन से ऐसे दिव्य प्रयोग हैं कि जो मकर राशि के जातक करें तो यदि उनके ऊपर कोई विपदा आने वाली हो तो वो विपदा जो है उनके ऊपर ना आए तो इन सभी विषयों पर हम जो है प्रकाश डालेंगे लेकिन दर्शकों आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से जो है वही एक गुजारिश है कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और पुराने भी हम सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेल आइकन जरूर दबाइए और यदि फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को लाइक कीजिए हमें फॉलो कीजिए तो देखिए दर्शकों पहले जो है कुछ इसकी रूपरेखा जान लेते हैं कि कैसा कुछ रहेगा तो 2020 के अनुसार मकर राशि के जातकों को इस साल हर क्षेत्र में बहुत से महत्वपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता यहां पर दिखाई पड़ रही है संभव है कि आपके द्वारा लिया गया कोई निर्णय आपके करीबियों और मित्रों को पसंद ना आए लेकिन इसके बावजूद भी ये आपकी जिंदगी के कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक साबित होकर के रहेगा इस साल परोपकारी जो कार्य होते हैं इसके प्रति आपका रुझान रहेगा धार्मिक कार्यों के प्रति आपका रुझान रहेगा लोगों की मदद के लिए आप सामने आएंगे मानसिक तनाव और बेचैनी का कुछ शिकार भी आप हो सकते हैं ऐसी स्थिति में धैर्य से यदि आप काम लेते हैं अपना संयम बनाए रखते हैं तो ठीक रहेगा धन के निवेश के मामलों में सोच विचार कर ही आपको फैसले लेने रहेंगे साल दो में शनि का मकर राशि में गोचर होने से आपको कुछ विशेष मामलों में बेहद लाभ मिलेगा खासतौर से बिजनेस में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी आपके पराक्रम में वृद्धि होगी जो कि की शनि की तीसरी दृष्टि पराक्रम के घर पर पड़ेगी और कार्यक्षेत्र में मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा इस साल 30 मार्च को बृहस्पति का मकर राशि में गोचर होने से ये आपके प्रेम संबंध वैवाहिक जीवन व्यापार शिक्षा और मान सम्मान में वृद्धि करेगा इसके बाद 14 मई को देवगुरु बृहस्पति वक्री होकर के 30 जून को पुनः धनु राशि के बारहवें भाव में स्थापित होंगे इसके फलस्वरूप आपके खर्चों में अनायास ही वृद्धि हो सकती है इस दौरान अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा उम्मीद है कि आपका वजन भी बहुत अधिक तेजी से बढ़ सकता है लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकती है गौरतलब है कि तेरह जो है सितंबर को देवगुरु बृहस्पति मार्गी होकर के बीस नवंबर को फिर से मकर राशि में स्थापित होंगे तो ये समय राहुल में, में गोचर करने से आपको शिक्षा और संतान सुख की दिशा में कुछ परेशानियां दे सकता है इस साल विदेश यात्रा पर जाना संभव हो सकता है कि चलिए बात कर लेते हैं कैरियर राशिफल 2020 क्या कहता है तो मकर राशिफल कैरियर राशिफल 2020 के अनुसार यह साल आप अपने कामकाज को लेकर ज्यादा व्यस्त रह सकते हैं इतना ही नहीं मकर राशि के जातकों को कार्य क्षेत्र में कई तरीके के उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं करियर को लेकर इस साल कुछ खास परेशानी आ सकती है शनि की सारे साथी आपके ऊपर चुकी शुरू हो जो है आ, है और फल स्वरूप पिछले साल के मुकाबले इस साल कोई भी काम करने के लिए काफी मेहनत आपकी लगती हुई नजर आ रही है इसके बावजूद भी चूंकि शनि आप ही के घर के मालिक है तो बेहतर परिणाम देने के लिए जो है आपको जो है सक्षम रहेंगे पूरे साल आप आर्थिक तंगी चिंता का मुख्य कारण आपके बनी रहेगी हालांकि आपको कार्य के सिलसिले में विदेश जाने का अवसर प्राप्त होगा इस साल के अंत में आप कड़ी मेहनत के बाद कोई नया प्रोजेक्ट आपको हाथ लग सकता है एक बात और बताना चाहेंगे ध्यान रखने की जरूरत है कि घर वालों के साथ बातचीत करते समय थोड़ा सा शांतिपूर्ण रवैया अपनाएं वही आपके उग्र स्वभाव से आपके जीवन साथी एवं परिवार के दूसरे लोगों के साथ आपकी अनबल होने की प्रबल संभावनाएं दिखाई दे रही हैं करियर की यदि हम बात करें आपके कार्यक्षेत्र की आपके यदि हम बात करें तो कोई नया प्रोजेक्ट आप शुरू करते हुए नजर आएंगे उच्च अधिकारियों का आपको साथ प्राप्त होता हुआ नजर आएगा नौकरी आपकी स्विच होगी जी हां एक जगह यदि आप कार्य कर रहे हैं टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं तो स्विच हो करके आप दूसरी जगह जॉब करेंगे और नई नौकरी आपको मिलने के पूर्वपूरी पूड़ आसार हैं चलिए आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी 2020 में मकर राशि के जातकों के लिए तो काफी उथलता उथल का अभाव रहेगा इसके अलावा आपकी रुचि कल्याण के कार्यो के प्रति रहेगी व्यर्थ चीजों पर आपके पैसे अधिक खर्च होंगे तो इससे आपको बचना है अन्यथा आपको नुकसान होगा जमीन जायदाद के मामलों में मार्च के माह में लाभ आपको प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है लिहाजा परिवार में खुशियों का माहौल बनेगा अप्रैल के मध्य में आय में आपके बढ़ोतरी हो सकती है इस कारण आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहने की संभावना है इस दौरान कई रुके हुए कार्य आपके पूर्ण होने का भी योग बन रहा है और आर्थिक स्थिति की यदि हम बात करें किसी को आपको पैसा नहीं देना यदि आप पैसा देंगे तो आपका पैसा फंस जाएगा पूर्व में किए गए निवेश से आपको इस साल अच्छा धन लाभ होता हुआ दिखाई दर, दे रहा है कोई पैतृक संपत्ति आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी जिसके क्रय विक्रय से आपको मोटा मुनाफा प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है चलिए दर्शकों पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा प्रेम जो है संबंध कैसा रहेगा इस पर प्रकाश जान लेते हैं तो साल 2020 मकर राशि फल के अनुसार पारिवारिक दृष्टिकोण से ये साल आपके लिए थोड़ा सा निराशाजनक साबित हो सकता है इस दौरान परिवार वालों के साथ कुछ मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो होने से आप मानसिक तनाव के शिकार रहेंगे हालांकि मई माह में परिवार में खुशियों का आगमन होगा और परिवार के सदस्यों के साथ कुछ आपका अच्छा वक्त बीतेगा यदि आप अपनी जो है क्या कहते हैं परेशानी की वजह से पीछे हट रहे हैं तो परिवार के सदस्य कोई ना कोई आपके हेल्प में खड़े होंगे इस साल परिवार में किसी खास उत्सव की वजह में में जाने का योग मई और दून माह में बन रहा है वही आपका रिश्ता अपने भाई बहन के साथ अच्छा रहेगा सम सम में मान सम्मान और रुतबे में आपके बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है तो कुल मिलाकर के ओवरऑल एवरेज रहेगा मकर राशि के जातको एजुकेशन की ऊपर प्रकाश डालते हैं शिक्षा आपकी कैसी रहेगी लेकिन आगे बढ़ने से दर्शकों देखिए कुछ चीज़ें आपको बता दें कि तमाम हमारे पास दर्शकों के फ़ोन आते हैं कि पंडित जी हम उनसे पूजा करा लिए काल सर्पदोष की लेकिन अभी तक काल सर्पदोष हमारा शांत नहीं हुआ पितृदोष की पूजा कराए तमाम जो है चीज़ें आती हैं हमने जो है शिवरात्रि की पूजन कराई कुंभ में गए बहुत चीज़ें थी लेकिन एक बात आपको बताना चाहेंगे पूजा पाठ जब आप करेंगे तब आपको लाभ मिलेगा इन्फेक्शन आपके शरीर में है दवा आप खाएंगे तो दूर होगा पंडित जी खाएंगे तो नहीं दूर होगा और ऐसे लोगों से थोड़ा सा पूजा पाठ के नाम पे जो ठगते हैं इनसे दूर रहिएगा आप यहाँ बैठे हैं अगला पाँच हजार किलोमीटर दूर बैठ के आपसे पूजा पाठ के नाम पर मीठी मीठी बातें बोल करके धन आपका ऐठ रहा है तो ऐसे पंडितों से सावधान रहिएगा ये लोग ज्योतिष विद्या को तो बदनाम कर ही रहे हैं साथ ही साथ जो वास्तव में सच्चे ज्योतिषी हैं हम अपने आप को यहाँ सर्टिफाइड नहीं कर रहे हैं लेकिन इसी यूट्यूब पर तमाम बहुत अच्छे ज्योतिषी भी हैं उनके लिए भी बड़ी परेशानी का सबब खड़ा होगा क्योंकि वो लोग झूठ बोलते नहीं हैं और अगला झूठ बोल बोल के पैसे हट रहा है तो ऐसे लोगों से आपको बचना रहेगा तो शिक्षा की ओर बढ़ते हैं एजुकेशन की ओर बढ़ते हैं मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा 2020 शिक्षा के लिए तो एजुकेशन राशि फल के अनुसार या शिक्षा राशि फल के अनुसार खासा कुछ आपको अच्छा नहीं होगा जनक साबित होगी पंचम स्थान में राहू होगी तो आपकी जो पढ़ाई चल रही होगी ये ब्रेक करा सकता है आपको इस क्षेत्र में कड़ी मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत अथक परिश्रम लगानी होगी हालांकि साल की शुरुआत जो रहेगी आपके लिए अच्छी साबित होगी लेकिन धीरे धीरे आपके जीवन में काफी परेशानियाँ आ सकती हैं किसी महिला से संभल कर दोस्ती करिएगा चूंकि जो पंचम स्थान होता है ये दोस्ती का भी होता है प्रेम प्रसंगों का होता है तो संभाल कर दोस्ती करिएगा अन्यथा किसी मुसीबत का कारण बन सकती है साथ ही महिला दोस्त की वजह से व्यर्थ के खर्चे आपके बढ़ सकते हैं इतना ही नहीं इनकी वजह से पढ़ाई में आपका ठीक से मन नहीं लगेगा जो लोग इंजीनियरिंग से जुड़े हैं छात्र हैं उनके लिए ये अनुकूल समय रहेगा भविष्य में धन से संबंधित कोई समस्या ना आए इसलिए धन का संचय करिए धन का क्रय करिए फालतू के चीज़ों में आप लोग पैसा बर्बाद मत करिए कोई एजुकेशन लोन वगैरह भी लेना चाहते हैं तो आपको लोन मिलता हुआ दिखाई देगा विदेश में यदि आप पढ़ाई करने जा रहे हैं तो विदेश में आप उच्च शिक्षा के लिए बाहर जा सकते हैं इस वक्त आपके हर निर्णय पर परिवार से आपको पूर्ण मदद मिलती हुई नजर आएगी चलिए स्वास्थ्य की ओर चलते हैं हेल्थ इज वेल्थ स्वास्थ्य राशिफल 2020 के अनुसार मकर राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य के मामलों में कुछ परेशानियां रह सकती है वजन बढ़ सकता है लीवर से रिलेटेड दिक्कत आ सकती है साल की शुरुआत में स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आपको बनी रहेगी स्वास्थ्य को लेकर के कुछ दबाव महसूस करेंगे मानसिक रूप से कुछ ज़्यादा परेशान रहेंगे इस दौरान आपकी राशि में शनि की साढ़े साथी होने से थकान और बेचैनी का आप लोग अनुभव करेंगे ज्वाइंट पेन से रिलेटेड कोई दिक्कत होगी और कुछ आप लोग सफोकेशन फील ज़्यादा करेंगे अप्रैल का माह जो आपके लिए रहेगा ये ज़्यादा अच्छा रहने वाला है लेकिन आपको जो है कोई त्वचा संबंधी परेशानी आ सकती है इस साल का अंत जो रहेगा ये आपके लिए कष्टकारी बीत सकता है इसलिए यहाँ पर हम आपको सलाह देते हैं कि आपको जो है डॉक्टरी सलाह चिकित्सीय सलाह लेने की परम यहाँ पर जरूरत रहेगी किसी भी जो है आप लोग जो है टोने टोटकों में मत फंसीएगा आयुर्वेद के चक्कर में यदि आप हैं ठीक है लेकिन आप लोग कोशिश कीजिएगा कि कोई जो है अंग्रेजी दवा भी यदि आप जाते हैं फिर जो है जनरल फिजिशियन के पास उनसे चेकअप करा करके अपने स्वास्थ्य का आप लोग जो है दवा वगैरह ले सकते हैं इस साल जो है कोई गंभीर बीमारी आपको ग्रसित कर सकती है खानपान का विशेष ध्यान दीजिए और दर्शकों एक चीज आपको बताना चाहेंगे कि आपको करना क्या रहेगा आपको फालतू का जंक फूड नहीं लेना रहेगा एल्कोहल नहीं लेना रहेगा आपको नॉनवेज से दूर रहना रहेगा इन चीजों का आपको ध्यान देना रहेगा प्रेम संबंध जी हाँ प्रेम संबंध की ओर चलते हैं कैसा रहेगा प्रेम संबंध मकर राशि के जातकों के लिए तो प्रेम राशि फल दो के अनुसार मकर राशि के जातकों आपके लिए काफी कुछ नया लेकर के आया है नए मेट आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं किसी नए लोगों से जो जो है दोस्ती होगी हालांकि अप्रैल माह के बाद इनसे कुछ आपका ब्रेकअप होता होता हुआ हुआ दिखाई दिखाई रहा रहा है है आप दोनों के के बीच एक दूसरे को लेकर पैदा पड़ कोई जो है एक साथ दो प्रेम संबंध आप लोग चला सकते हैं कोई यहां पर इस साल कोई आपका जो प्रेम संबंध चला आ रहा था ये ब्रेकअप होगा कोई पुरानी आपकी प्रेमी या प्रेमिका है इनसे आपका मिलन संभव है इस साल आप जिनसे प्यार करते हैं तो उनसे यदि शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर सावधानी रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं। घर परिवार में भी आप लोगों को अच्छा सपोर्ट देखिए नहीं मिलेगा तो इन चीजों से आपको बचना रहेगा और वैचारिक मतभेद खुल करके सामने आएंगे अंतिम पड़ाव पर चलते हैं तो मकर राशि के जातकों क्या ऐसा दिव्य प्रयोग करें कि ये साल आपके लिए बहुत अच्छा हो तो देखिए साल 2020 में आने वाली जो परेशानी है इससे खुद को बचाने के लिए कुछ उपाय कर रहे हैं तो आर्थिक मामलों में सुधार के लिए बेहतर होगा कि व्यर्थ के खर्चे ना करें यदि आपका पैसा बहुत अधिक खर्च हो रहा है तो ज्वाइंट अकाउंट आप लोग अपने जीवन साथी के साथ जरूर खुलवा सकते हैं या आपकी शादी नहीं है तो अपनी माता के साथ खुलवाइए का भाग्य उसका जीवन के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाह रहे हैं तो माता और पिता से यदि आप पूछ कर करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा नियमित रूप से दुर्गा सप्तशती का आप लोग पाठ करिए प्रथम पाठ द्वितीय पाठ तृतीय पाठ प्रतिदिन एक पाठ आप लोग जरूर करिए गाय को आपको कोशिश करना है कि सोमवार वाले दिन आटा और मिश्री इसको एक में मिक्स कर लीजिए और इसको जरूर खिलाइए। धर्म स्थान पर का दान आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। शनि की सारे साथी चूँकि चल रही है तो दशरथ के शनि स्त्रोत का पाठ आप लोग जरूर करिए मंगलवार व शनिवार वाले दिन सायकाल यदि आप लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो सभी कष्टों से आपको हनुमान जी मुक्ति दिलाते हुए नजर आएंगे मंगलवार वाले दिन बेसन से बनी हुई कोई मिठाई आप लोग जा सकते हैं और हनुमान जी के मंदिर में प्रसाद के रूप में इसको चढ़ा करके वहीं बांट सकते हैं बृहस्पतिवार वाले दिन गाय को चने की दाल और बेसन से बनी हुई कोई चीज आपको जरूर खिलानी रहेगी शनिवार जी हाँ शनिवार वृक्ष पर आपको जाना रहेगा एक दीपक जला करके तिल के तेल का आना रहेगा कोशिश कीजिएगा कि इस साल आप लोगों को रेड कलर को अवॉइड करना रहेगा तो दर्शकों ये तो था हमारा मकर राशि का वार्षिक महा राशि फल 2020. कम समय में बहुत कुछ अधिक समाहित करने का हमने इसमें प्रयास किया है उम्मीद करते हैं हमारा ये प्रयास आपको पसंद आएगा तो दर्शकों यदि आप भी अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं क्योंकि इन उपायों में भी हमने रत्नों का आपको नहीं बताया रुद्राक्ष का नहीं बताया है और भी ऐसे शुभ प्रयोग जो सिर्फ आपके लिए बने हैं आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा करके दिखा सकते हैं तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं और हमसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं तो दीजिए इजाजत और नव वर्ष की अनंत शुभकामनाओं के साथ आप सभी को छोड़े जा रहे हैं तब तक के लिए नमस्कार